जय श्री महाकाल शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है पठान जिसका एक गाना है बेशर्म रंग और उस गाने में जिस रंग का उपयोग किया गया है वह रंग है भगवा तो मैं कहना चाहता हूं कि अब मूर्खो बेशर्म रंग नहीं है बेशर्म है आपकी सोच बेशर्म है आप और बेशर्म है आपकी अभिव्यक्ति जिसको आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सैकड़ों वर्ष से परोस रहे हैं और भगवा संस्कृति को अपमानित करने का काम इस पिक्चर में कर रहे हैं और अब तक करते रहे हैं हिंदू संस्कृति के साथ हिंदू धर्म के साथ आपने यही सातराना अंदाज अब तक अपनाया है लेकिन आप सुन लें हमारे भगवा का अपमान नहीं कर सकता क्योंकि यह भगवा रंग असली सीनों में उपयोग करने के लिए नहीं है इस भगवा रंग को हम सन्यासी धारण करते हैं पूरे हिंदू पूरे सनातनी इस भगवा रंग के प्रति अपनी आस्था रखते हैं विश्वास रखते हैं और इसको गौरव का प्रतीक मानते हैं इसको त्याग का प्रतीक मानते हैं आप इस रंग को बेशर्म रंग नहीं कह सकते बेशर्म आप ही है और आपकी सोच है धन्यवाद वो खबरें जो आपके काम की है